भारत के एक महान गायकी लता मंगेशकर का निधन हो चुका है उनसे जुड़े हुए पांच अमेजिंग फैक्ट चलिए जानते हैं फैक्ट नंबर no. लता मंगेशकर का जन्म उन्नीस में इंदौर के एक मराठी परिवार में हुआ था फैक्ट नंबर टू लता मंगेशकर के बचपन का नाम हेमा था पाँच साल की उम्र में ही उनके माता पिता ने उनका नाम बदल लता मंगेशकर रखा फैक्ट नंबर थ्री उन्नीस में दुनिया में सबसे ज्यादा गाना गाने की वजह से उनके नाम बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है फैक्ट नंबर फोर लता मंगेशकर फिल्म इंडस्ट्री में पहला महिला है जिन्हें भारत रत्न एंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड सम्मानित किया गया है फैक्ट नंबर फाइव लता मंगेशकर को अपनी पहली फिल्म के लिए सिर्फ पच्चीस रुपए मिले थे लता मंगेशकर के अपने पहले गाना उन्नीस में मराठी फिल्म किट्टी हासार में घाया था दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये फैक्ट कैसे लगा अगर अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करें देन लाइक और शेयर जरूर करें